अरे अरे जाहिल भाई। <laughs> अरे जाहिल भाई भाई हाँ बताया यार <laughs> तो सही तो तो तो <laughs> दे कर देता कौन सा तेरा नहीं होगा ना जमने का ही नुझे पूरा ब्याह इसका कराना ये मैं हाथ में कर मैं कर तुम हंस कर ना चल ना। यार मैं कर कर देता ये नहीं सब प्यारा जाहिल जाहिल भाई कहेगा चले याराहकुम तुम हंसता नहीं है और बात करते बस इतना कह जाना मैं उठा के फटाफट दे फिर रहेगा नहीं है ठीक वो बाद में लेंगे जल्दी-जल्दी चंदो जी मां गलती हो गई